एक रुपया मांगता था दो रुपये थमा देते थे एक रुपया मांगता था दो रुपये थमा देते थे कुछ इस तरह से पापा मुझे अमीर बना दिया करते थे नमस्कार दोस्तों रीडर्स बुक सब में आपका फिर से स्वागत है कहते हैं कि सोच अगर सही दिशा में हो तो मंजिल बड़ी आसानी से मिल जाती है इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की आज कितनी जरुरत है ये बात हमें हम से किसी से छिपी नहीं है हम सब दिन रात मेहनत करते है सोचते है की अमीर बन जाए पर क्या वो सोच हमारे अंदर है हम छोटे थे तो एक रुपए दो रुपए में भी खुश हो जाते थे पर आज ना जाने कितने पैसे कमाने के बाद भी हम खुश नहीं हो पाते गरीबी ही महसूस होती है हमेशा कमी लगी रहती है तो कारण क्या है फर्क क्या है फर्क सिर्फ सोच का है जिसके बारे में रॉबर्ट टिक योसा कहते हैं की रॉबर्ट टिक कहते हैं की अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग प्रिंसिपल को ठीक से समझ नहीं पाते इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि केवल लिटरेट होना काफी नहीं है फाइनेंशली लिटरेट होना जरूरी है सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता मार्क्स से कुछ नहीं होता फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिखे अधिकतर फैमिली में देखा गया है जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है मगर उसका फायदा क्या जब सारा पैसा लाइबिलिटीज में खर्च हो जाए वैसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है करके देखनी चाहिए vs लाइबिलिटीज एस ये चार्ट बना करके जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपका खर्च करने का पैटर्न कैसा है तरीका सही है या गलत और तब आप ये भी नोटिस कर पाएंगे कि आपका ज्यादा खर्च किस तरफ से हो रहा है लाइबिल की तरफ या एसेट्स की तरफ और आपको अपने खर्च पर कितना खर्च करने की जरूरत है तो इस पूरी बात को आसान शब्दों में समझाया जाए तो ये कि अपना पैसा कैसे खर्च करें बस यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं अच्छा एक और जरूरी बात है पुराने समय में अगर देखा जाए तो लोगों के गोल होते थे हम डॉक्टर बनेंगे लॉयर बनेंगे ये सारी प्रोफेशन है पर इनका अमीरी से कोई कनेक्शन नहीं है पर सोच यही थी कि हम डॉक्टर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे लॉयर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे बैरियस्टर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे इस सोच की जड़ ही गलत है पुराने जमाने के कई लोग आज डॉक्टर इंजीनियर जो कुछ भी बनना चाहते थे बन चुके हैं पर आज भी वो पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्यों क्योंकि वो उनकी नींव ही अलग थी आज दौर बदल चुका है बच्चे एथलीट बनना चाहते हैं स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं स्टार बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठकर वो अपनी करियर में सक्सेस नहीं पा सकते आज वक्त बदल चुका है आज के जमाने में सभी वर्किंग है हसबैंड वाइफ वर्किंग है दोनों कमाते हैं हम दोनों मिलकर ज्यादा पैसे कमाएंगे ज्यादा अमीर हो जाएंगे और सबका ध्यान सिर्फ अपने करियर पर होता है कमाई बढ़ने लगती है पर जाहिर है उसी के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। कहने का मतलब ये कि बिना फाइनेंशियली लिटरेट हुए आप कितने भी पैसे कमा ले वो खर्च हो जाएंगे वो आपकी लाइबिलिटीज में चले जाएंगे और ये एक ऐसा चक्कर है चलता रहता है और उसके बाद सभी ये सोचते है की इस मुसीबत ऐसी बाहर कैसा निकले जाए और उसके बाद सभी ये सोचते है की इस मुसीबत ऐसी बाहर कैसे निकला जाए दरअसल लोगो को लगता है कि ज्यादा पैसे कमाने से आदमी अमीर हो जाता है पर रॉबर्ट रॉबर्टाकि कहते हैं कि अमीरी एक सोच है अमीरी अपने पैसे को सही जगह खर्च करने की समझ है अमीरी पैसे के पीछे ना भागने की सोच है अमीरी रिटायरमेंट लेते समय ना डरने की सोच है अमीरी तब है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे तो आप जब भी खर्च करे हमेशा ये ध्यान रखे की पैसा आपको अमीर नहीं बनाता उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना उसे सही से संभाल कर रखना या कई बार उसे गलत जगह पर खर्च न करना भी आपको अमीर ही बनाता है कहने का मतलब ये कि अमीरी क्या है अमीरी वो नहीं कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं अमीरी तो वो है कि आप कितना पैसा बचा पाते हैं।